भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए पच्चीस वर्ष संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किसे दे, किसे देश में लागू हुई थी ब्रिटेन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता राष्ट्रपति योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता प्राइम मिनिस्टर संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पाँच ईयर्स प्रधानमंत्री पद से त्याग त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बोराजी देसाई सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान के अनुसार तात्यात्मक संप्रभुता किस भक्ति में निहित होती है प्रधानमंत्री में भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जवाहरलाल नेहरू कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है तीन प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटाने के द्वारा पर संभाला था इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे गुलजारी संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है प्रधानमंत्री के पास सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे राजीव गांधी लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता था प्राइम मिनिस्टर कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे एच डी किस प्रधानमंत्री ने एक ही दिन में संसद नहीं गए जो चरण सिंह